यार यही छोड़ दे जब तक ये ऐसा नहीं करेगा मैं आगे नहीं जाऊँगा हम थोड़ा हल्का हो गया हल्का तो हुई गया बजरंगी तनिक देखो तो कमजोर हुए गया बबुआ अभी जब मुंह से बात करा ये तो अच्छा हुआ हम खुद का दो हथियार संभाल के रख लिए अच्छा सुन गुरु गुरु हा? अरे तुम्हारा प्लान नंबर टू तो टूटलीग्नल पागल पागल नहीं हम पागल ठीक हा? गुरु ये भी सुना तुमको उल्टा करके सारे हथियार झाड़ दिए तुम्हारी बड़ी तकलीफ हुई होगी ना एक वास्ते हम तो हार गुरु है और तू हमारे अरे वो लोग हमारा हथियार कैद कर ले तो कहा हुआ तुम लोग के पास तुम्हारा हथियार तो है ना अरे हम तो अपना घर बुलाया नहीं लेके मैं लेके आया, हूं, ले आया हूं। तो हमारे इजारे का इंतजार करते रहना और जैसे हम इशारा इजारा कर बोल